भगत सिंह नहीं बन जाता कोई तीर कमान उठाने से बोस नहीं बन जाता कोई सेना या फौज बनाने से आजकल लोग देश में धर्म जाति भाषा क्षेत्र आदि के आधार पर सेना बनाने लगे हैं बोस नहीं बन जाता कोई सेना या फौज बनाने से नेहरू नहीं बन जाता कोई बत्तीस सौ जेल में बिताने से आगे की पंक्तियां कवि अशोक चारण की हैं अटल बिहारी हो सकता क्या कोई कविता गाने से